सबसे पहले आपको एक गेनर आना चाहिए गेनर के बिना क्रॉस ट्री अधूरा है अगर गेनर पता नहीं है क्या है तो मेरे पास अलग से गेनर का वीडियो है ट्यूटोरियल है आप जाके देख सकते हो उसके बाद आपको एक 360 स्पिन चाहिए कुछ इस तरह से नी को फोल्ड करके जितना नी आप टक करोगे उतना स्पीड आप ऊपर घूम पाओगे और लैंड अच्छे से कर पाओगे तो ये दोनों को मिला क्रॉस ट्रू आप करना है तो ये क्रॉस ट्रू जो प्रोसेस है बहुत ही डिफ़िकल्ट है बहुत टाइम लगता है और आपको पेशेंस उतना ही रखना पड़ेगा तो प्रोग्रेशन में जाइए प्रोग्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए कुछ इस तरह से भी ये प्रोग्रेस होगा आप बहुत बार नीचे गिरोगे पहले आपको गेनर से 180 डिग्री घूमना है उसके बाद 360 ट्राई करना है 360 ट्राई करते वक्त आप बहुत बार गिरोगे और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रास के बजाय अगर बालू के ऊपर करते हो कुछ सॉफ्ट सरफेस के ऊपर करते हो तो आपके लिए बेटर होगा आप इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो बट गिरना यहाँ पर जायज़ है आप गिरोगे बहुत बार गिर एक बार नहीं बहुत बार गिरोगे रिपीटेडली गिरोगे बार बार गिरोगे कॉन्स्टेंटली गिरोगे फिर भी आपको हार नहीं मानना है आपको करते जाना है क्योंकि ये क्रॉसक्र्यू है क्रॉसक्र्यू एल्यूजन इसलिए लगता है क्योंकि आप गर से 360 घूम के लैंड करते हो वो 360 इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको आप देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है इसलिए गेनर और uh, 360 सिक्सटी को मिला क्रॉस क्रू होता है और क्रॉस क्रीव इसलिए एल्यूजन लगता है तो प्रोग्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए पेशेंस रखिए तो बेसिक ट्यूटोरियल था ये मतलब उतना डिटेल में नहीं था फिर भी मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स को बताया कि आपको क्या क्या करना है आप ये करते रहो करते रहो आप ख़ुद को सरप्राइज कर दोगे जब आप लैंड करोगे पहले तो ऐसा ही कुछ होगा प्रोग्रेशन तो आप बस आपको प्रैक्टिस करना है कुछ नहीं बेसिक चीज़ मैंने बता दिया आपको तो ये कुछ फुटेज़ है मेरे दोस्तों के जो क्रॉसू इस, इस तरह सीखे हैं अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो मतलब ये उतना भी मुश्किल नहीं है आपको ये दिमाग में रख के करना है लेकिन पेशेंस के साथ करना है ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ दोगे नहीं पेशेंस के साथ करना है सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो आई विल कम अप विथ अनादर क्रॉस को ट्यूटोरियल वेरी सुन टील दन की प्रैक्टिसिंग नेिव अपट एंड